तो हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बतलाने वाला हूं कि ये शॉर्ट्स की तरह से वीडियो दिखने वाली ये है क्या चीज और ये मिलता कैसे है ये किन लोगों के लिए है किस वीडियो क्रिएटर के लिए है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सोर्स की तरह दिख जो दिख रही है आखिर ये है क्या, और ये मिलता कैसे है तो दोस्तों ये सोर्स की तरह जो दिखने वाला चीज़ जो है वो प्रोत्साहन के तौर पर यह यूट्यूब दे रही है उन लोगों को जो सोर्स वीडियो बना रहे हैं जिनका वीडियो काफी अच्छा है व्यूज उनका अच्छी अच्छा आ रहा लाइफ अच्छी आ रहा है तो उनका प्रोत्साहन की तरह दिया जा रहा ताकि ये वीडियो पे अच्छी अच्छी वीडियो को अपलोड करते रहे और लोगों का इंटरटेनमेंट होता रहे जो सोर्स के तरह जो लोग अच्छी अच्छी शोर्ट्स बनाते रहे वीडियो बनाते रहे और खास करके बहुत से लोगों ने हमसे ये पूछा है कि भाई आखिर ये मिलता कब है और ये किनको मिलता है तो मैं उन क्रिएटर्स को बताना चाहता हूँ कि आखिर तो ये वीडियो जो है ये, ये कोई या कई आपकी ये सब्सक्राइबर पे डिपेंड नहीं करता है ये आपके वाचिंग ये ये डिपेंड करता है कि आप जो सोर्स बना रहे हो कितनी अच्छी बना रही है उनपे व्यूज कितनी जा रही है लाइक कितने जा रही है ये आपका बटन जो है आपको वो आपको हंड्रेड के सब्सक्राइबर पे, पे भी मिल सकता है 50 के में भी मिल सकता है 10 सब्सक्राइबर में 300 सब्सक्राइबर्स में भी मिल सकता है ये डिपेंड करता है कि आपकी सोर्स कितनी अच्छी है क्योंकि देखिए ये सिल्वर बटन अलग होता है गोल्ड बटन अलग होता है डायमंड बटन ये अलग होता है और ये जो दिया जा रही है प्रोत्साहन के लिए ही दिया जा रहा है आपकी वीडियो पर भी अगर मिल सकती है अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी अगर बन जाए अच्छी क्वालिटी की हो व्यूज अच्छी चला जाए या फिर या इस, एक चीज और इस पर ध्यान देना है कि आपकी जो सोर्स बनाएंगे या वीडियो बनाएंगे तो आपको की नहीं होनी चाहिए ये यूनिक हटके होना चाहिए ताकि YouTube के पॉलिसी को ये लगना चाहिए कि हमने जो वीडियो बनाया है वो मेहनत से बनाया है कॉपीराइट वीडियो नहीं है तभी जाकर के ये बटन आपको मिलता है तो दोस्तों आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे ताकि आपको वीडियो पे भी लाइक और कॉमेंट्स आते